तो हेलो भाई से कैसे होगा आप देख रहे हैं आज का टेक्निकल तो जैसे कि आपने में देखा होगा कि एक घंटे के अंदर एक हज़ार सब्सक्राइबर का कैसे करें तो इस वीडियो में चैनमेंगे आज का आपका छोटा हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो छोटी को लाइक कर देना चलो वीडियो स्टार्ट कर दो आपको अपने फ़ोन को ऑन कर लेना है और क्रोम पे चल जाना है क्रोम पे जाने के बाद सर्च करना है चैट ट्यूब जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में चाहे ट्यूब क्लिक करना है सब पर सब एप ही डाउनलोड डाउनलोड पर क्लिक करके आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है आपको फिर ऑन करना है ऐप इससे सब्सक्राइबर नॉन ड्रॉप भाई ड्रॉप होंगे ही सब्सक्राइबर ये इंडिया का इस पर सारे बंदे औरिजिनल है फिर एक भी सब्सक्राइबर नहीं है सारे रियल सब्सक्राइबर मिलेंगे आपको ऐसी मेहनत करना जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं आपको उसका सब्सक्राइब करना वो आपका सब्सक्राइब करेगा ये नहीं कि भाई आप पर सब्सक्राइब लिंक भेजते जाओ करवाते जाओ आप किसी का करो ही ना तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपको भी करना पड़ेगा और आप देख सकते हैं कि इस भाई के 2.7 के सब्सक्राइबर है फिर इस ऐप से तो यार आप जान सकते हैं कि इस ऐप से हम सब्सक्राइबर ड्रॉप होता ही नहीं है यार ये टेलीग्राम की तरह नहीं है ये सब और सब नहीं है ये एक ऑफिशियली वेबसाइट है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ताकि डाउनलोड कर लो या आप क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं देखो हमने इसका सब्सक्राइब करके भेज दिया अब ऐसे ही आपको भी करके भेज देना है फिर वो अगला बंदा भी आपका वाइक करके भेज देगा अपने यूट्यूब पे ऑन करना है यू वर्ड चैनल पे जाना है थ्री डोड पर क्लिक करके अपने चैनल का लिंक कॉपी करना है फिर चैट ट्यूब पर जाना है वहाँ पर अपने इस लिंक को शेयर करना है फिर वो भाई आपका चैनल सब्सक्राइब कर देगा थैंक्स फॉर वाचिंग